मैदान में मौजूद सभी लोग इस वक्त ध्रुव को ही देखे जा रहे थे कोको अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल कर ध्रुव के बेहद करीब आ गया था देखा जाए तो इतनी नजदीक से ध्रुव अपनी तलवार को घुमाकर हमला तक नहीं कर पाता और उसके पहले कोको उस पर खंजर से वार कर देता आमतौर पर ऐसे में ध्रुव के पास दो रास्ते बचते या तो पीछे हटते हुए कुको के हमले का सामना करना या फिर कोको के हमले का जवाब हमले से देना लेकिन चाहे जो हो जाए ध्रुव जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखा सकता था नहीं तो वो जहरीले खंजर एक ऐसा जख्म ध्रुव के शरीर पर छोड़ जाते जो उसे भर उसकी बात को समझ रहे थे ध्रुव की रफ्तार और उसके तजुर्बे की वजह से वो इतनी आसानी से तो कोको को हमला करने नहीं देता वहीं सिमाल के बगल में बैठी मोनिका के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे ध्रुव कोको के जाल में फंसता हुआ दिख रहा था बल्कि वो तो इतनी खुश थी कि खुशी के मारे चिल्लाने ही वाली थी लेकिन फिर उसने सिमाल के बारे में सोचकर खुद पर काबू किया मगर इस वक्त सिमाल तो गौर से ध्रुप को ही देखे रहा था। और उसकी में एक अजीब सी हैरानी थी वो देख रहा था कि कोको को अपनी ओर आता हुआ थे, एक के पर डर का नामो निशान तक नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट थी जिसे देखकर शिमाल मनी मन मायूस हो गया वही सभी लोगों की नजरों के सामने जैसे एक कोको के खंजर ध्रुव के हाथों के पास पहुंचे तो अचानक से उसने तलवार पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू की इस दौरान अपने खंजरों को ध्रुव के हाथों के पास जाता देख कोको के चेहरे की खुशी लगातार बढ़ती जा रही थी लेकिन ध्रुव के हाथ से टकराने के ठीक पहले ध्रुव ने आखिरकार अपनी चाल चली और यह चाल कोई हमला नहीं था बल्कि उसने तो अपने हाथ में पकड़ी तलवार को तुरंत छोड़ दिया ध्रुव ने जैसे तो ध्रुव का अगला कदम अब क्या होने वाला था ये वही लोग थे ध्रुव और इमाद के पिछले मुकाबले को देखा था उस वक्त जब ध्रुव के हाथ से उसकी तलवार छूट गई थी तो अचानक से ध्रुव की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे लेकिन कोको को इस बारे में कोई खबर नहीं थी इस ध्रुव की तलवार छूटते ही उसके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखने लगी जैसे कि वो मुकाबला जीत गया था यही वजह थी कि उसने बेझिझक होकर अपने खंजरों पर काले रंग की शक्ति इकट्ठा करनी शुरू की और फिर ध्रुव पर जोरदार हमला किया किस्मत का तकनीक। जैसे ही कोको ने यह कहा तो उसके हाथ के खंजर अचानक से कांपने लगे इतना ही नहीं उनमें शक्तियां इकट्ठी होती गई और वो किसी सांप की तरह दिखाई देने लगी इसके अलावा उस सांप के मुंह से ढेर सारे कांटे निकलने लगे जो हर दिशा से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे ये कांटे इतने ज्यादा ताकतवर थे कि किसी पत्थर तक के आर पार हो जाते ध्रुव अच्छी समझ रहा था कि ये काले कांटे जो हर तरफ से उड़ते हुए आ रहे थे न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर थे बल्कि बहुत जहरीले भी थे और तो और ये जहर जानलेवा भी साबित हो सकता था लेकिन इसके पहले कि वो कांटे ध्रुव या उसके हाथ से आकर टकराते ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों से सील बनानी शुरू की और ऐसा करते ही उसके शरीर से एक झटके में हरे कमल की दिव्य रोशनी बाहर निकलने लगी वो रोशनी बाहर निकलकर उसके शरीर को घेरने लगी और पलक झपकते ही वो एक कवच में बदल गई वही कोको का हमला जब ध्रुव के रोशनी कवच से टकराया तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा खोलते तेल से टकरा गया हो और वो कांटा जो इतना ताकतवर था कि किसी बड़े पत्थर के आर पार हो जाए लेकिन अब वो कांटा हरे रंग के कवच पर तो सिर्फ थोड़ी तभी अचानक काले रंग का सांप जो कोको के दोनों खंजरों से मिलकर तैयार हुआ था तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा और उसने हरे कवच पर हमला किया इस वजह से मैदान में दोनों के टकराने की तेज आवाज सुनाई पड़ी और सभी ने देखा की वो बहुत मजबूत रोशनी कवच खंजरों के हमले से आधा इंच कम हो गया लेकिन ये खंजर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे यही वजह थी कि दिव्य रोशनी के कवच से टकराते ही वो काले खंजर अचानक से लाल दिखने लगे। कि तभी कोको ने अपने खंजरों पर शक्ति लपेटनी चाही। इसके बावजूद कोको महसूस कर रहा था कि खंजरों को काबू करना भी काफी मुश्किल हो रहा था और ये सब उस अजीब सी करमाहट की वजह से था इसलिए आखिरकार कोको ने अपने खंजर वापस लेते हुए लगातार ध्रुव की तरफ देखा जिसका पूरा शरीर हरे रंग की रोशनी से ढक गया था इस वक्त ध्रुव के चेहरे को गौर से देखने पर कोको ने एक ऐसी मुस्कुराहट देखी जैसे कि ध्रुव कोको का मजाक बना रहा हो तभी अचानक ध्रुव के शरीर से निकलती रोशनी और ज्यादा बढ़ गई और ध्रुव पूरी तरह से उस रोशनी में छुप गया इतने में ध्रुव अचानक से अपने हाथों से एक बार फिर सील बनाने लगा जिसे देखकर कोको हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा ये कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा कहते वक्त कोको के दिल की धड़कनें काफी ज़्यादा तेज हो गई थीं और वो लगातार ध्रुव के हमलों को देखे जा रहा था मगर जैसे ही उसके में ख्याल आया तो ध्रुव के हाथों में जिसे सुनकर मैदान में बैठे सभी लोगों की रूह कांप गई और कान के पर्दे फटने के कगार पर आ गए शेर की दहाड़ इसके तुरंत बाद ध्रुव के मुंह से एक ऐसी तेज दहाड़ निकली जो बिजली की रफ्तार से सीधे कोको की तरफ बड़ी उस दहाड़ से टकराते ही अचानक कोको का सिर घूमने लगा और उसके मुंह से खून की उल्टियां बेहोशी तो सामने वाला आसानी से मौके का फायदा उठाकर अपना हमला कर सकता था और ध्रुव तो यह मौका बिल्कुल नहीं गंवाने वाला था जो उसने सोच समझ कर तैयार किया था इसलिए जैसे ही कोको का ध्यान ध्रुव से हटकर अपनी हालत पर गया तो ध्रुव ने तेजी से उस पर हमला कर दिया इस दौरान ध्रुव के पैरों तले चांदी के रंग की चमक दिखने लगी और सभी ने देखा कि ध्रुव एक परछाई में बदलकर एक झटके में कोको के ठीक सामने पहुंच गया यह नजारा देखकर सभी के दिल काफी था इतने में कोको का सिर चकराना बंद हुआ मगर जैसे वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने देखा की एक काली परछाई उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी ये देखकर कोको के दिल में काफी खौफ महसूस होने लगा की तभी उसे अपनी ओर एक हमला आता हुआ दिखाई दिया ब्लास्ट। सी बात है कि इस तरह अचानक इतने करीब से से से हमला होने वजह कोको चाहकर भी उस हमले बच नहीं पाया और उसके चेहरे पर हैरानी और खौफ साफ नजर आने लगा वहीं मैदान में बैठे लोग अपनी बढ़ती सांसों के साथ सोचने लगे कि इतने खतरनाक हमले के बाद तो कोको का जीतना नामुमकिन होता तभी सिमाल ने आवाज में मायूसी के साथ कहा कोको ये मुकाबला हार गया ये कहते वक्त उसके चेहरे पर नाराजगी के साथ मायूसी भी थी लेकिन उससे काफी दूर नौशेरा के चेहरे पर इस वक्त हैरानी और खुशी दोनों साथ साथ दिखाई दे रही थी दूसरी ओर सिमाल के मुंह से वो बात सुनकर मोनिका के चेहरे की खुशी पूरी तरह से गायब हो गई दरअसल मोनिका ने सोचा था कि कोको ध्रुव को हरा देगा यहाँ तक की ध्रुव को गिड़ कोको से जान की भीख मांगनी पड़ेगी मगर उसे यकीन ही नहीं हुआ की कुछ ही पलों में पासा ऐसा पलटा की कोको मुकाबला हार गया इस बात के चलते मोनिका का मुँह खुला का खुला रह गया इस दौरान मुकाबले के मंच पर ध्रुव का हमला आगे बढ़ते ढेर तो सारा खून कोको के मुंह से बाहर निकलने लगा और वोड़ते हुए सीधे जाकर जमीन पर जा गिरा इस हमले से सभी को साफ हो गया था कि कोको बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो जिस जगह पर जाकर गिरा था वहां तक दरारे पड़ने लगी वहीं कोको के मुंह से निकला खून जैसे ही ध्रुव के पास आने लगा तो वो एक झटके में दिव्य रोशनी की गर्मी से भाप बनकर ध्रुव के शरीर पर चढ़ा हरे रंग की रोशनी का कवच कांपने लगा और धीरे धीरे वो गायब हो गया इतने में ध्रुव कुछ कदम आगे आया और उसने मंच से झांकते हुए जमीन पर पड़े कोको की तरफ देखकर एक गूंजती हुई आवाज में कहा खो तुम ये मुकाबला हार गए ये कहते वक्त ध्रुव की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी जिसके बाद सभी लोग एक नजर मंच पर खड़े ध्रुव की तरफ देखते तो अगले ही पल जमीन पर पड़े कुकु को देखने लगते इस दौरान मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जो अगले कुछ पल तक तो बरकरार रही उसके बाद अचानक से हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी फिर तालियों के साथ साथ लोगों का एक ऐसा शोर सुनाई पड़ने लगा जो आसानी से आसमान तक पहुंच रहा था वही ध्रुव ने अपनी नजरे उठाकर मैदान में हर तरफ देखा इतने में उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहा इस वक्तियों की तरह तेजी से तालियां बजा रही थी बल्कि मैदान में जिसने सबसे पहले ध्रुव की जीत पर ताली बजाना शुरू किया वो कोई और नहीं बल्कि इरा ही थी तभी ध्रुव भी इरा के चेहरे की खुशी को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपनी नजर उस तरफ घुमानी शुरू की जहा से माल और उसके साथी बैठे हुए थे सिमाल और ध्रुव दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई जिसके बाद ध्रुव मंच पर बैठे बुजुर्गों की तरफ देखने लगा इस दौरान उसने सिमाल के बगल में बैठी मोनिका को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो इस वक्त ध्रुव को कोसने में लगी हुई थी तभी बुजुर्ग बादशाह अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ऐलान किया यह मुकाबला ध्रुव शौर्य ने जीत लिया है बुजुर्ग बादशाह के फैसला सुनाते ही एक बार फिर पूरा मैदान लोगों के शोर से भर गया और सभी इस वक्त तिज्जत भरी नजरों के साथ ध्रुव को देखने लगे लेकिन इन नजरों में सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि इस लड़के का थोड़ा डर भी नजर आ रहा था जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने आज जो ताकत दिखाई थी उसके सामने बहुत से लोग खुद को कमजोर महसूस करने लगे थे कर जगह की तरफ वापस लौट गया फिर वहां पहुंचते ही ध्रुव ने अपने पंख तुरंत वापस लिए और वो मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठने लगा तभी बिजोरा ने आंखों में हैरानी के साथ मुस्कुराते हुए ध्रुव के हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा क्या बात है ध्रुव तुमने तो कमाल ही कर दिया ध्रुव <laughs> तो के, के लिए बेहद खुशी महसूस हो रही थी तभी पास ही खड़ी लीजा ने भी हैरत में पड़ते हुए ध्रुव से कहा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा की तुम्हारे पास उड़ने वाली तकनीक जैसी कोई अनोखी तकनीक भी है ध्रुव तुम आखिर कब हम लोगों को जलाना बंद करोगे लीजा की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने अपने बगल में खड़ी हरे कपड़ों वाली लड़की को देखा इरा की आंखों में इस वक्त ढेर सारी खुशी थी और तभी ध्रुव को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई पड़ी बधाई को भी मुकाबले में हरा दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तुम टॉप टेन में आ जाओगे ये आवाज सुनकर जब ध्रुव पीछे मुड़ा तो उसे देखा कि नौशेरा और उसके साथ ही चलकर ध्रुव के पास ही आ रहे थे वही उसकी बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया वो तो बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी अगर मैंने कोको के ब्लैक वाटर वर्ल्ड को नहीं संभाला होता फिर तो शायद मैं ये मुकाबला बहुत मुश्किल से जीत पाता इस पर नौशेरा ने अपना सर हिलाते हुए उससे कहा अरे तुम्हारे पास तोड़ने वाली तकनीक है ऐसे में ब्लैक वाटर वर्ल्ड तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकती थी लेकिन अब जो तुमने कोको को मुकाबले में हरा दिया है तो ये जान लो कि सिमाल के ग्रुप से तुम्हारी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है मगर इसके साथ ही मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके ग्रुप में अब कोई भी तुम्हें कमजोर समझने की गलती नहीं करेगा नौशेरा की बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। सच कहूं तो मुझे सिर्फ टॉप टेन में आना है। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रैंक पहला ध्रुव या नौशेरा याद मुकाबले में नहीं आया था बल्कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने का उसका मकसद था टॉप टेन में अपनी जगह बनाकर आग शक्ति टावर के सबसे नीचे लेवल में पहुंचना और क्योंकि पहली रैंक और दसवीं रैंक दोनों ही उस लेवल में जाने के काबिल थे इसलिए ध्रुव को सभी से मुकाबला जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी वही ध्रुव की बात सुनकर नौशेरा हंसने मतलब जाने वाले हैं अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहो तो तुम चल सकते हो सच कहूं तो उस चीज से तुम्हें बहुत फायदा मिल सकता है और जैसे ध्रुव ने सुना की नौशेरा उससे करशमाई दूध के बारे में बात कर रहा था तो एक पल के लिए ध्रुव का दिल उचक कर उसके गले तक आ गया लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी और उसने बड़े जाता है। वैसे उस को करना बिल्कुल भी आसान होना हो, हो वो चीज बहुत बेशकीमती है इसलिए उसे पाने के लिए मैं मुश्किलों से उलझने के लिए भी तैयार हूँ नौशेरा के इरादे के बारे में सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर वो चुप चाप मंच पर होते मुकाबले को देखने लगा तो आखिरकार किससे टकराने वाला है ध्रुव इस दिलचस्प मुकाबले के अगले राउंड में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दिवनली आर जे रेवांश के साथ सुपर योथ था